मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेसी नेता अभी तक सोए हुए थे वे सभी चुनावी साल में अब जाग रहे हैं और हल्ला कर रहे हैं खाद की कहीं कोई कमी नहीं है इस दौरान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर भी निशाना साधा कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि चुनावी साल में सोए हुए कांग्रेसी नेता अब जाग रहे हैं चार साल से ये सभी प्रदेश में सो रहे थे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है जनता के बीच जाना है तो अब कांग्रेस ही किस मुँह से जाएंगे इसलिए वे सभी हल्ला कर रहे हैं कि प्रदेश में खाद संकट है लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि खाद का कोई संकट नहीं है सभी जगह पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है और रही बात विधायकों की चिट्ठी लिखने की तो वो उनका अधिकार है जिसके लिए सरकार की जवाबदेही है पटेल ने कहा विधायकगण हमें बताए की खाद की सुचारू व्यवस्था कहाँ ठीक नहीं है वहां तुरंत व्यवस्था को शुरू कर दिया जाएगा तो नौ साल में सारे नेता जो है वो अब जाग रहे हैं चार साल तक जो सोए होते थे वो जाग रहे हैं हर जगह वो सोचते सही मिले ताकि हमको सुधार तो में बढ़े इसलिए ज़बरदस्ती चिंता हैं ठीक लेकिन कोई समस्या नहीं है और का काम है चिट्ठी लिखने का हम कह रहे हैं अच्छा है। कांग्रेस अब खत्म होगी कांग्रेस अब अप्रासिक होगी कांग्रेस की कार्यकर्ता नेताओं में भी राहुल गांधी की कांग्रेस के कांग्रेस की जो भारत जोड़ो नहीं है कांग्रेस बचाओ है जैसे कार्यकर्ता जुड़े रहे और कांग्रेस के जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं उनका स्वागत है हम तो देखो हमारे लिए देश देश देश है हम के के के लिए लिए काम काम करते हैं बाद में हो। सब कृषि ले मंत्री पटेल ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी रसातल की ओर बढ़ चुकी है कांग्रेस अब अप्रसंगिक हो गई है जनता के बीच कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा नहीं कांग्रेस बचाओ यात्रा है क्यूँकी जो बचे खुचे कांग्रेसी कार्यकर्ता है वे कांग्रेस में बने रहे इसलिए कांग्रेस बचाओ यात्रा कर रहे हैं पटेल ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और विधायक भाजपा में आना चाहते हैं तो उन सभी का स्वागत है हमारी पार्टी राष्ट्रहित राष्ट्रधर्म के लिए काम कर रही है ऐसे में जो राष्ट्रवादी होंगे वे भाजपा में आएंगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक डूबती नाव है जो लोग अपने आप को कांग्रेस में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं वे सुरक्षित स्थान की तलाश में भाजपा में शामिल हो रहे हैं हम किसी को लाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो बुरा है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी और जो काम सात साल में नहीं हुआ वो आठ साल में हुआ तो कांग्रेस के नेता पछता रहे की हमने साठ साल फकोड़ तराब किए कांग्रेस में ने एक सड़क बना लोग गालियां दे रहे साठ साल में होता हूँ एक शौचालय बनाया क्या कांग्रेस ने साठ साल में एक मकान बनाया <laughs> क्या पीने के पानी की व्यवस्था की क्या सड़कें बिजली खरीदी किया कुछ नहीं किया और इसलिए वो तो सब हर बात क्या है कांग्रेस का भविष्य निधि को धूपती नाम में कोई नहीं बैठना चाहता कांग्रेस धूपती ना है